असंभव इस दुनिया में कुछ नहीं होता दोस्त ये परिकल्पनाएं हैं खाली और मैं आज तो आपको बहुत ईमानदारी से और 12 साल के तजुर्बे का निचोड़ निकाल के बता सकता हूं कि इस दुनिया में असंभव नाम का कोई शब्द होता ही नहीं किसी डिक्शनरी में पाया जाता नहीं है कभी सुना लोगों के मुंह से ही सुना है और ये मस्तिष्क में रहता है असल में अवतरित तब होता है जब अधिक बार सोचा जाता है जितनी बार आप अधिक सोचते हैं उतनी बार ये मजबूत हो जाता है आप जितनी बार इसकी कल्पना ज्यादा करते हैं उतनी बार ये और मजबूती के साथ आपके सामने आके खड़ा हो जाता है लेकिन असल जीवन के अंदर इसकी कोई प्रजाति पाई नहीं जाती मैं आपको कुछ उदाहरण बताना चाहूंगा आज और फिर इस सेशन का शुरुआत करेंगे ये कोट है कि एक मील की दौड़ का रिकॉर्ड चार मिनट से ज्यादा का है उसे तोड़ना मानव के लिए असंभव है एंड्रियू हरी एंड्रिय जो ब्रिटिश ओलंपिक में कोच हुआ करते थे 1903 में एक स्टेटमेंट दिया और ये ओलंपिक टीम के कोच थे ब्रिटिश के उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया बहुत बड़ा कि मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू हिम ये लाइन उन्होंने का है उसे तोड़ना मानव के लिए असंभव है ये हो नहीं सकता कि आदमी कभी भी इतना कैपेबल हो जाए कि चार मिनट के अंदर वो एक मील क्रॉस कर सकते ये इम्पॉसिबल है ये नहीं हो सकता नेक्स्ट टू इंपॉसिबल कि आदमी इतना सक्षम हो जाए शारीरिक रूप से कि वो एक मील की यात्रा चार मिनट से पहले खत्म कर दे लेकिन किसी बेवकूफ ने बात, बात नए नहीं नहीं। और निकल के आए रॉजर बेनेस्टर और रॉजर बेनेस्टर ने चार मील की यात्रा तीन मिनट उनसठ सेकंड और चार मिली सेकेंड में पूरा करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया दुनिया में जो चीज कभी नहीं हुई थी रॉजर बेनेस्टर ने उसको प्रूव किया कि नहीं असंभव इस दुनिया में कुछ नहीं होता पूरे अखबार पूरे किताबें छप गई इनके नाम से कि रॉजर ने वो कर दिया जो आज तक इतिहास में नहीं हुआ और ब्रिटिश ओलंपिक का जो कोच था उसको झूठा साबित कर दिया जो अपने आप में कहा जाता था कि महानतम कोच में से एक है और ये क्लेम करता था कि मानव के अंदर इतनी शक्ति पैदा नहीं हुई आज तक की वो एक मील की यात्रा चार मिनट से पहले कर सके दोस्तों जब भी कोई बात कही जाती है बड़ी प्रमाणिक तौर के साथ तो बाकी सब लोगों में तो भाविक होता है कि यह अब असंभव हो गया यह हो नहीं सकता और तब तक नहीं हुआ जब तक एक व्यक्ति ने नहीं किया रॉजर बेनेस्टर निकल किया है 1954 के अंदर और 1954 के अंदर उन्होंने वो कीर्तिमान बनाया और आप जान के हो जाएंगे कि उन्नीस तक यह असंभव था कि कोई व्यक्ति एक मील चार मिनट से पहले कर सकता था बहुत बातें गूंज थी कि ये तू कर नहीं सकता जिस काम के लिए तू करना चालू किया लेकिन आप जानकर हैराना हो जाएंगे ठीक इसके दस बरस के बाद चौसठ के अंदर स्कूल जाने वाला एक लड़का जिम रेन करके इसके रिकॉर्ड को भी तोड़ के भाग गया आगे वो इसके रिकॉर्ड से भी आगे निकल गया जो 3.59.4 था वो 3.59 तक रह गया स्कूल जाने वाले लड़के ने 10 साल के बाद इसका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया क्योंकि जब स्कूल जाने वाले लड़का ट्रैक पे दौड़ा तो उसके मस्तिष्क में वो ओलंपिक का जो कोच था उसका बात दिमाग में नहीं था उसके मस्तिष्क में था कि रॉजर बेनेस्टर कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं इफ वन कैन डू आई कैन डू नथिंग इज नथिंग इज इंपॉसिबल